दर से मत डर कुछ अलग कर जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूक के ये डर उठाएगा तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा घर से मत डर यार कुछ अलग कर <laughs> तेरी हर कमजोर